किसान नेता और कृषि ने मंत्री कमल पटेल ने पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ और कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर जमकर निशाना साधा उन्होंने कहा कांग्रेस ने किसानों के साथ झूठे वादे किए आज किसान कर्ज में डूबा है तो कमलनाथ की वजह से कर्ज माफी हुई नहीं जिसकी वजह से किसान डिफाल्टर घोषित हुए राहुल गांधी और कमलनाथ किसानों से माफी मांगे कृषि मंत्री कमल पटेल ने पूर्व सीएम कमलनाथ पर निशाना साधते हुए कहा कि कमलनाथ ने किसान कर्ज माफी का वादा किया था लेकिन उसको पूरा नहीं किया गया किसानों को कमलनाथ और राहुल गांधी ने धोखा दिया है अब किसान बहकावे में नहीं आएगा उन्होंने कहा जन प्रतिनिधियों के वैसे भी कर्ज माफ नहीं होते इन्होंने फर्जीवाड़ा किया है इसमें उन्होंने कहा राहुल गांधी और कमलनाथ ने दो लाख का कर्ज माफी का वादा किया था लेकिन इसके लिए बजट में प्रावधान नहीं किया गया किसानों के साथ धोखाधड़ी की गई जिसकी सजा उनको मिली सोसाइटियों की कमलनाथ सरकार ने ऐसी स्थिति कर दी कि वे अब कर्ज लेने की स्थिति में नहीं है आज किसान कर्ज में डूबा हुआ है उसके लिए कांग्रेस दोषी है, और जो किसान डिफाल्टर हुए हैं, उसके लिए भी कांग्रेस दोषी है। कमलनाथ और राहुल गांधी किसानों से माफी मांगे उनके झूठे वादों के लिए पटेल ने कहा इन्हीं सब वजहों की कारण कांग्रेस की सरकार गई कमलनाथ का कारवा डूबा और मैं वो बात में हमेशा कहता हूँ कि कमलनाथ जी ने मुख्यमंत्री बनते से कहा था कि दो लाख तक का कर्जा माफ किया जाता है तो फिर हम प्रश्न कर रहे हैं कि किया क्यों कि नहीं पंद्रह महीने रहे दस दिन का कहा तर... था दस दिन का कहा था ना वचन दिया था ना, ना और नहीं तो मुख्यमंत्री बदल देंगे तो थोके कौन ने चाटा कांग्रेस ने राहुल गांधी ने एक नंबर दो कमलनाथ ना, ने धोखा दिया जनता के साथ और इसलिए किसानों ने धक्का दिया और आगे भी धक्का देंगे अब किसान कांग्रेस के बहकाव में कभी आने हमारे कर्ज माफी होने का सवाल ही नहीं उठता जनप्रतिनिधि वैसे भी कर्ज माफी नहीं होती फर्जीवाड़ा किया था दो लाख तक की बात किया उन्हें जान के हमने कोई कर्ज माफ कराया और दूसरा बता रहा हूँ मैं आपको कि दो लाख तक का कर्जा माफ करने का कसम खाका के कहा था नहीं कहा था हाँ। और मुख्यमंत्री बनते से कि दो लाख तक का कर्जा माफ किया तो बजटों का प्रावधान क्यों नहीं किया पचास हजार तक के कर्ज माफ हुए लेकिन उसमें भी पचास पच्चीस पचास प्रतिशत सोसायटियों के कर्जा माफ सोसायटियों ऐसे मंत्री है किसानों की अंश पूंजी में कर्जा माफ किया गया उसने सोसाइटियां डिफाल्टर हो गई खाद की स्थिति में है आज किसान कर्ज